राहुल राज मॉल में जा रहा हूँ और बात सर्विस की पूरा घूम सकता हूँ लेने की जरूरत थी जाते तो हैं इतना अच्छा बस है कि आपने क्या किया है इस बस में भी यार मेट्रो वाली फीलिंग आ रही है फुल ए बस और सबसे मेन चीज़ ये दरवाजा देख रहे हो जैसे ये बस आती है ये ऑटोमेटिक ओपन होता है और उस साइड बस खड़ी होती है जैसे एक मेट्रो स्टेशन में होता है अच्छा यार जब हर बस सर्विस, सर्विस, सर्विस सूरत की एक नंबर लगी गुम भाई मैं बता नहीं सकता मजा आ गया ठीक है गाइस पहुंच गया हूँ राहुल राज मॉल सी आप देखो ये मॉल है लाइफस्टाइल। मालूम है तेरे बाप को मत दिखा चल। दिखा वो ऊपर और आरआर मॉल सो ट्रैफिक है देख के क्रॉस करते हैं ठीक है ये एरा मॉल सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द राहुल राज मॉल सो so, एक मिनी बस खड़ी है आप चाहो तो इसके ऊपर बैठ के ट्रैवल कर सकते हो सो so, बहुत सारी शॉप्स हैं मिर्ची बहुत सारी शॉप्स हैं और इधर जिम के इक्वमेंट्स मिलते हैं लाइक दैट सो चलो एक्सप्लोर करते हैं आज इसको फाइनली मुझे पहले करवाना है हेयर स्टाइल तो मैं एक सैलून खोजूँगा यहाँ पे जो भी अच्छा सैलून हो लाइक दैट तो मैं एक हेयर स्टाइल करवाऊँगा एक अच्छा सा अच्छा। फिर उसके बाद में अपन थोड़ा ट्रेवलिंग करेंगे लाइक दैट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा अभी तो फिलहाल मेरे को सैलून खोजूंगा ठीक है सैलून तो नहीं मिला मेरा हेयर स्टाइल रह गया अधूरा बट यहाँ पे मुझे एक चीज मिली है वो है स्नो पार्क कैसा so totally so <laughs> होने वाला अंदर का माहौल तो चलो चलते हैं अंदर आगे दिखाता हूँ आपको क्या है क्या नहीं अंदर साइज अंदर तो आ चुका हूँ पूरा नीला नीला है <laughs> फुल और ठीक है ओके okay. okay. मिली है हैंड मिले हैं और एक कैप मिली है लगता है ज़्यादा कुछ जबरदस्त होने वाला अंदर ठंड वाला माहौल और ये एक जैकेट भी है ओके ज़्यादा ठंड है क्या अंदर -5 -5 देखा आपने लापरवाइ बना हुआ है क्या स्नोमी और ये हम जा रहे हैं अंदर और यहाँ हमें करना है ड्रेस चेंज यहाँ पैंकवें बुन रखे हैं भाई साहब बहुत ख़राब हो गया तो माइनस एक डिग्री से माइनस दो डिग्री तक टेम्परेचर टेम्परेचर रहता है और ये सब जो है ये भी पहनना पड़ेगा मेरे भाई पहनेंगे तो फिर करना तो पड़ेगा भैया इतना आदम गए अंदर से भाई हैं हमारे एक यहाँ पे भैया अंदर टेम्परेचर कितना है माइनस देखिए माइनस फाइव डिग्री का टेम्परेचर है Minus minus से लेके माइनस माइनस फाइव तक <laughs> पक्का अगर मैं मर मुर गया तो मेरे से कांटेक्ट कर दोगे ना घर पे निकल पहली में निकल पहली पक, में पक्का ना ठीक <laughs> है अंदर कोई हो गया ना कभी कांड कुंड हो गया अंदर तो मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर देना ठीक है, है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी हालत देखो मैं कैसे बनाऊँ तो मैंने इसलिए बोला था इनको कि मेरे घर वाले को कांटेक्ट कर दिया हो। देखो ऐसा बना दिया मेरे को मतलब कि गर्मी के माहौल में भी शिमला का फिलिंग दे रहे गर्मी लगी थी अंदर गर्मी क्या हाल होने वाला है ठीक है चलो चलो चलते अंदर अंदर जाके नहीं खाता अंदर आते ही फट गई मेरी ओ ओ भाई भाई भाई मेरे पीछे पंखा है बहुत बड़ा बहुत बड़े पंखे मेरी हालत ठंड में इतनी ज्यादा खराब है अभी भी यहाँ पे मतलब मेरे हाथ खुल चेक कर पूरा बर्फ है पूरा बात को मत सिखा चल हो गाने चल रहे हैं ये देखो क्या क्या बना हुआ है फोटो खींचने के लिए वो भाई जगह ही है बट जगह थोड़ी है लेकिन यार गजब बना दिया मतलब आप इधर देखो तो बर्फ बर्फ के नीचे फैर धसले में इधर से स्लाइड करके अपन इधर आ सकते हैं उसको तो लेके लेकर जाके ऊपर से इधर गाने लगे हैं। ओ भाई गजब गजब गजब गजब